हेलो दोस्तों आज का हमारा विषय है कि हम ब्रह्मचार्य के पालन कैसे करें कोई ये ऐसी नहीं है बहुत कठिन है हमें अपने ब्रह्मचार्य की रक्षा कैसे करें अगर आपका हस्त महत्व करने का मन करता है तो आप इस वीडियो को देख कर बिल्कुल छोड़ दोगे मेरी बात सुनिए जब आप किसी काम को मेहनत से करने लगते हो तो आप उसे नहीं निभा देते हो तो आपकी कमियाँ आपको कोई ऐसा काम करना है कि जो हमारे ब्रह्मचार्य का नाश ना हो ब्रह्मचार्य का पालन ना टूटे तो हमें बहुत सावधान रहना होगा और बहुत संघर्ष से लड़ना पड़ेगा तो मेरी पास सुनो अगर जब हमारा हस्त महत्व करने का मन करे तो हम क्या करें हमारा अगर हस्त महत्व करने का मन करे तो हमें बिजी रहना है किस चीज़ में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको योग कल्याण करना पड़ेगा आपको तो आपको करना क्या है ब्रह्मचर्य के दिनचर्या के देखते हुए आपको अधिकतर व्यायाम करना है हम आपको बता रहे हैं सुबह उठो अगर जो व्यक्ति अपने जीवन से सा जाता है तो कभी कामयाब नहीं होगा हम आपको सुबह उठना है और आपको व्यायाम करना है व्यायाम करना है सुबह उठो और जिसको भी भगवान मानते उसका सुबह उठते नाम लेना भगवान का ठीक फिर आपको दोस्तों के साथ अगर रहो तो ऐसा दोस्त हो नंबर एक कि जो बढ़िया हो हवाल वाले दोस्तों के साथ नहीं रहना है कि जो आजकल लोफर रहते हैं और और हम आपको ब्रह्मचार्य के पालन ब्रह्मचार्य की शक्ति ब्रह्मचार्य के अद्भुत नियम और ब्रह्मचार्य के शक्ति हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मचार्य हम आपको हस्तमैथुन नहीं करना है अगर आपका मन करता है हस्त का तो आप जिस परमात्मा को मानते हो जिस भगवान को मानते हो उसका नाम लेना है और आपको कहना है ए प्रभु मेरा मन कर रहा है ए प्रभु इसकी रक्षा करें इसकी रक्षा करें और मुझे इस चीज़ से निकालें आप जब ऐसे करेंगे तो आप अस्त छोड़ दोगे और आप पक्के ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो आपको तीस दिन लगातार अस्त छोड़ना है जब आप तीस दिन लगातार अस्त छोड़ दोगे तो आप इकतीसवें दिन खुद हो जाओगे चांद तो हम बता रहे हैं कि जी जीवन थोड़े दिनों का नहीं है इस जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहते हो बस जी लो कुछ जीवन जी लो तो मेरे हाथ जोड़कर कर आपसे यही विनती है अगर आप गुरुकुल आना चाहते हो तो जिनसे मैं बात करता हूँ अरास गुरुकुल वाले उनका नाम अराज है मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप गुरुकुल गुरु आना चाहते हो तो गुरुकुल भी जा सकते हो मैं आपको दे दूंगा और मैं तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे घर पर और भी कम रहता है कि मैं भी वहाँ जा चले जाता तो अगर आप जाना चाहते हो गुरुकुल तो मैं आपको नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है और अच्छे से इसकी वो करो ये कोई ज़िंदगी थोड़े दिनों की नहीं है कि कल को कल की मर जाओगे या परसों की मर जाओगे तो आपको बड़ी सावधानी से रहना है और इसका आप संकल्प ले लो संकल्प कि मैं नहीं करूँगा अगर आप संकल्प ले लेते हो तो आपका पूरा ब्रह्मचारी पालन हो जाएगा जब आपका पूरा ब्रह्मचारी पालन हो जाएगा तो आप इससे धीरे धीरे निकल जाओगे ये वासना कोई ऐसी नहीं है ये बहुत बहुत ऊँची बताइए महारिषियों ने ऋषियों ने बहुत ऊंची बताई है इसे इसे बहुत ऊँचा बताया है कि ब्रह्मचार्य का पालन तो वही कर सकता है कि जो बड़ा ही किस्मत वाला होगा ठीक है आपको ब्रह्मचार्य का पालन करो खूब करो और करते रहो मैं तो आपसे विनती हाँ कर रहा हूँ हाथ जोड़कर आप मेरी बातों पर गौर दो ठीक अगर आप अपने सुधरे तो आपको जीने कोई मकसद नहीं है ठीक है और अपने जीवन को जीवन शैलियों बदल के दिखाओ आप ही घर के सोचते होंगे कि हमारा बेटा तो ब्रह्मचारी बन गया पर उन्हें तो लग रहा है पर तुम अपने अंदर से कितने ख़राब हो उसे सुधारो ठीक है मेरी बात को सुन लो और तो पक्के ब्रह्मचारी बन जाओगे तो मेरी बात को सुनो और गौर दो आपको करना है ठीक और आपका देखो ब्रह्मचार्य पालन से क्या रहता है आपके मुंह के दाग ख़त्म हो जाते हैं और आप स्वस्थ रहते हो आप ब्रह्मचार्य पालन करके देख लो आप पर फ़ोन होगा आप अपने एक फोटो खींच लो या वीडियो बना लो हस्त तो महथून करते हो पहले से आपका फ़ोटो खींच लो और तीस दिन बाद फोटो खींचना मिला देखना का हम नरक में जा रहे थे या स्वर्ग में पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जे जीवन कोई एक दिन का नहीं है वो वासना ब्रह्मचार्य के ऐसी नहीं है ब्रह्मचर्य के पालन मैंने बताया अभी पीछे कि ब्रह्मचार्य के पालन तो वही कर सकता है कि जो इस चीज़ से खेलना चाहता है या लड़ना चाहता है तो आपको मचारी का पालन करो अरे कुछ नहीं होता। काहे को? और मैं आपको भोजन बनाऊं क्या बताऊं क्या का खाना है आपको भोजन सुबह उठना है तो आप दूध पिए ठीक शाम को सो, सोने से पहले आधे घंटा पहले दूध पिए और घूमें और व्यायाम करें सुबह शाम आप व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर जो है आप पहली बात तो ये बेजाम करेंगे तो अपनी ताकत कोई ऐसी भा दोगे व्यवस्था सुनो हस्त महतून भाई बहुत कठिन होता है इसे छोड़ना ठीक तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हस्त महतून छोड़ सकते हो आदमी अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर आदमी ठान ले कि मुझे यही काम करना है तो वो पक्का कर देगा जो उसके जान क्यों ना चले जाए तो आपको भी इसी बात पर गौर देना है और हस्त छूट जाएगा एक लड़का बता रहा था मुझसे कि मैं भाई पहले हस्त करता था एक लड़का नहीं बता रहा था मैं बताऊ एक मैंने वीडियो आई मेरे पास मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि मैंने तो हस्त महतून पंद्रह दिन में छोड़ दिया तो आप क्यों नहीं छोड़ हज महतू पंद्रह दिन में छोड़ दे तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हो तो आप भी छोड़ सकते हो संकल्प ले लो संकल्प ले लो कि हमने आज से छोड़ दिया ठीक है धन्यवाद